आज मैं आप लोगों को कुछ अहम बातें बतलाने वाला हूँ बातें बहुत अहम हैं आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है इन बातों से इसलिए तोज्जो दें इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बतला रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मैं मफहूम बयान करने जा रहा हूँ आप सल असलम ने ये जो बातें बतलाई हैं बड़ी अहम बातें हैं इन पर थोड़ी सी तोज्जो देने की ज़रूरत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चारीजें आपको परेशान या बीमार करती हैं तो आप वो चार चीजें कौन सी हैं तो नंबर एक है ज्यादा सोना ज्यादा सोने से भी आप परेशान होंगे नंबर दो ज्यादा बातें करना नंबर तीन ज्यादा खाना खाना नंबर चार ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना ये चारों बातें क्या करती है आपको बीमार या परेशान करती है नहीं मानते तो आप तजुर्बा करके देख लेना एक बार तो आगे आप सल्लाम ने और क्या फरमाया फरमाया चार चीज़ें आपको जल्दी ख़त्म करती हैं मतलब जल्दी जो है ना आपकी जिंदगी को खत्म करती हैं तो वो चार चीज़ें कौन सी हैं नंबर एक परेशानी जब परेशानी होती है ना टेंशन होती है तब फिर क्या होती है बुढ़ापा थोड़ा सा जल्दी आता है तो इससे क्या होता है कि जिंदगी खत्म होती है दूसरी चीज है भूख भूख से भी क्या होती है जल्दी जिंदगी खत्म होती है तीसरी चीज है गम ये टेंशन जो होता है चौथी चीज है देर में सोना देर में सोने से भी बुढ़ापा जल्दी आता है। तो ये चार चीजें मैंने आप लोगों को बतलाये अब आगे क्या फरमाया चार चीजें चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है चार चीजों से मतलब चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है चेहरे की नूरानियत खत्म हो जाती है खूबसूरती खत्म हो जाती है और क्या होता खुशियां भी चली जाती हैं तो वो चार चीजें कौन सी हैं इनसे हमें बचना चाहिए तो नंबर एक झूठ बोलना नंबर दो इज्जत न करना किसी गलत चीज़ पर इसरार करना नंबर तीन बगैर जानते हुए बगैर मालूम बगैर जानते हुए बहस करना नंबर चार किसी गलत चीज़ को बेबाकी बेफी से करना मतलब बगैर किसी खौफ के करना इन चारों चीज़ों से क्या हो जाती चेहरे की नूरानियत खत्म हो जाती है अब आगे आप सल असलम ने क्या फरमाया चार चीजों से दूसरी चीज है नमाज न पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना दूसरी चीज क्या है नमाज न पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना अब तीसरी चीज क्या है सुस्ती करना चौथी चीज है धोखा देना इन सारी चीजों से क्या होता इन चार चीजों से रिस्क की हमारी बरकत खत्म हो जाती है सुबह कितना अच्छा टाइम होता हम लोग सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं और आठ आठ नौ नौ बजे तक सोते रहते हैं मतलब सूरज निकलते टाइम तक सोते रहते हैं और सूरज निकल चुका होता उसके बाद भी सोते रहते हैं तो इससे क्या होगा की हमारे रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है ये बात हमारी याद रखना आपके पास कितनी कुछ हो, ताकत हो सब कुछ हो लेकिन अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप समझो बेकार इंसान है इसलिए थोड़ा सा सुबह फजर की नमाज पढ़ा करें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिस्मानी भी हैं रूहानी भी फायदे हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं पढ़ा करें सुबह फजर की बेहतरीन नमाज़ होती है सुबह का बेहतरीन टाइम होता आगे आप सल्ला वसलम ने फरमाया चार चीजों से रिस्क बढ़ता है चार चीजों से रिस्क बढ़ता है मतलब रिस्क में बरकत होती है। तो वो कौन सी चार चीजें हैं? नंबर एक है रातों को उठकर इबादत करना रातों को उठकर इबादत करना नंबर दो बहुत ज्यादा परेशान होना अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना अपने गुनाहों पर कि हमने बहुत गुना से गुनाह कर लिए इससे क्या होता है रिस्क में बरकत होती है अपने आप को गुनाहगार समझना रिस्क में बरकत होती है तीसरी चीज है बराबर सदका खैरा करना मुस्तिल खैरा सदका करना चौथी चीज़ है जिक्र करना अल्लाह ताला का। हर टाइम जिक्र करना अल्लाह ताला का। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो मैंने जिनका मफूम बयान कर दिया आप लोगों के सामने बड़ी अहम बातें थी इन बातों को थोड़ा सा जो बातें अमल करने के लिए कहीं उन बातों पर अमल करें जिन बातों से रुकने के लिए कहा गया उन बातों से रुक तो इससे क्या होगा कि हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का टाइम मिलेगा बेहतरीन हमारी एक ज़िंदगी गुजरेगी तो इसलिए इन बातों पर अमल करें। और क्या हो कि जब भी अजान हुए ना तो अपनी दुकान और मकान को बंद करके फौरन मस्जिद की तरफ चल पड़ो अब ये बातें जो मैंने आप लोगों को बतलाई हैं ये दूसरों को बदलाओ। ये दूसरों को बतलाओ अगर चे एक ही आया तो ये भी मफरूम है आप सल्हम तो इसलिए हमने जो बातें बतलाई दूसरों के साथ शेयर करो इन बातों को हो सकता है वो जो गलती करता है इस इन बातों को सुनकर गलती ना करें इसलिए शेयर करो